प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर वार किया है मिश्रा ने कहा कांग्रेस की सज्जनवाड़ी आप लोगों ने सुनी होगी सज्जन जी कमलनाथ के लिए षड्यंत्र का जिक्र कर रहे हैं अब देखना यह है कि सज्जन सिंह किसका षड्यंत्र उजागर करते हैं गृह मंत्री मिश्रा ने कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि सज्जनवाड़ी सुनी आप लोगों ने सज्जन सिंह बहुत गंभीर और वरिष्ठ नेता है और वे षडयंत्र का जिक्र कर रहे हैं कमलनाथ जी के लिए वो जानते भी होंगे षड्यंत्र कौन कर रहा है मुगल सल्तनत कांग्रेस स्थापित करने वाले जो लोग हैं उन्होंने कांग्रेस स्थापित की है अब कमलनाथ उस पर काबिज हो गए हैं और अब स्पष्ट करना चाहिए कि षडयंत्र कौन कर रहा है पूरा गुट कमलनाथ की जड़े खोदने में क्यों लगा हुआ है आगे देखना ये है की कि सज्जन किसका षड्यंत्र उजागर करते हैं कांग्रेस की सज्जन वाणी आपने बहुत गंभीर वरिष्ठ नेता है सज्जन जी षडयंत्र का जिक्र कर रहे हैं कमलनाथ जी के लिए वो जानते भी होंगे कि षड्यंत्र कौन कर रहा है मुगल सल्तनत कांग्रेस वाली कांग्रेस जैसी स्थापित करने वाले जो लोग हैं जो बड़े नेता हैं, अब उनने जो कांग्रेस स्थापित किया था उस पर कमलनाथ जी काबिज हो गए अब उनको स्पष्ट करना चाहिए कि कौन षड्यंत्र कर रहा है